तो हाय मित्र सभी को नमस्कार इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप मतदाता सूची वोटर लिस्ट कैसे निकाल सकते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल से लैपटॉप या कहीं से भी तो आप अपने मोबाइल से कैसे मतदाता सूची निकाल सकते हैं वोटर लिस्ट कैसे निकाल सकते हैं तो इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे वीडियो अच्छी लगती तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब राइस कर लीजिए क्योंकि इस तरह वीडियो अपने चैनल पर हरदम अपलोड करते रहते हैं और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी पता चल सके कि मतदाता सूची कैसे निकालते हैं तो सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र या गूगल किसी में भी जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे लिखेंगे यम पी इलेक्शन एम पी टाइप करेंगे और यम पी पोर्टल ओपन करके आ जाएगा तो उसको आप क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद कुछ हमारा इस तरह के इंटरफेस ओपन हो जाएगा आप देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा एम स्टेट इलेक्शन कमीशन या फिर मतदाता सूची अंतिम अन, प्रकाशन तो आप इसमें कर लीजिए एम स्टेट इलेक्शन कमीशन में या फिर सीईओ ओ मध्य प्रदेश इसमें भी कर सकते हैं जो आप एम स्टेट इलेक्शन कमीशन में कर लेंगे तो इस तरह का हमारा इंटरफेस ओपन हो जाएगा और देखिए अभी हम आ, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा मतदाता आम निर्वाचन इक्कीस 22 सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार मार्गदर्शिका जो भी आ, आपके यहाँ पे आपको वोटर आईडी हमको निकाल के बता बताना है तो क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन ये लेटेस्ट होती है मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन न्यू तो इसको क्लिक कर लेंगे ये ग्राम पंचायत का है ऊपर नगरी पंचायत का है नगर पंचायत का है तो देखिए ग्राम पंचायत का कर लेते हैं अंतिम प्रकाशन वाला कुछ हमारा इस तरह का इंटरफेस ओपन हो रहा है तो ये अठारह अभी हमें तत्काल का चाहिए तो नहीं ये तो सही है यहाँ पे लिख के आ रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले अपना हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका ज़िला होगा जिस गाँव का आप निकालना चाहते हैं तो मेरा सतना है जैसे उसके बाद यहाँ पे अपना जनपद पंचायत मेरा रामनगर है मैं रामनगर कर लेता हूँ शो पे क्लिक कर देंगे शो पे आ, शो पे क्लिक करने के बाद ये हमारे सभी पचपन जो भी ग्राम पंचायतें या रामनगर में सभी आ जाएंगे जो आपका गांव होगा जैसे मेरा गांव, अपना हम करके दिखा रहे हैं आपको तो मेरा जैसे ये गांव है बावन नंबर पे है तो यहाँ पे मतदाता सूची देखिए लिखा गया है राइट साइड पर इसको क्लिक कर लेंगे क्लिक करने के बाद देखिए कुछ हमारा इस तरह के इंटरफेस ओपन होएगा लेफ़्ट साइड में देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड हो रहा है ये डाउनलोड हो जाता है तो अभी हम क्लिक करके आपको दिखा भी देते हैं लेटेस्ट मतदाता सूची है और इस तरह से आप लोग भी अपना मतदाता सूची इसमें आप अपना नाम ढूंढ सकते हैं जिसको आपको शंका है कि इसका अभी नहीं जुड़ा है या जुड़ा है जिसका भी आप देखना चाहते पूरे गांव का पूरे ग्राम पंचायत का वो आपको दिखाएगा अभी देखिए पी ओपन हो रही है अभी हम आपको जस्ट दिखा रहे हैं जैसे पी डी ओपन हो जाती है देखिए पी ओपन हो रही है तो पी को हम ओपन कर लेंगे और तो ये देखिए पूरी लिस्ट आ चुकी है आप लोग इस तरह से पूरा लिस्ट निकाल सकते हैं तो देखिए इसमें ग्राम पंचायत में 20 बार्ड हैं सभी बार्डों का दिया गया टोटल जनसंख्या कितनी है और लेटेस्ट देखिए यहाँ पे राइट साइड में 2022 भी दिया गया है लेटेस्ट है ये और ये पूरे आपके ग्राम पंचायत का नक्शा आ गया है और ग्राम पंचायत के नक्शा के बाद ये देखिए कितने ये ये यहाँ से स्टार्ट हो जाती है तो ये देख सकते हैं पूरी लिस्ट आ गई है तो इस तरह से आप लोग भी निकाल सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं बहुत नॉर्मल है और मित्रों ये वीडियो जरूर अगर आप देख रहे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए सब्सक्राइब का बटन नीचे रेड कलर में लिखा रहता है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके चलिए मिलते हैं एक अच्छी नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में जब तक लिए राम राम नमस्कार जय हिंद